Verdaman Academy, an English-medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library. Best environment for games, yoga and music. Verdaman Academy, Railway Road, Meerut. Mukbir द्वारा मिली सूचना पर पुलिस हुई चौकन्नी. दरअसल परीक्षित गढ़ पुलिस को गोकशी की सूचना मिली थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस आगवांदपुर के जंगलों में पहुंची. जिठोली वाले रास्ते पर आम के बाग में रात के समय गोकशी को अंजाम दिया जाना तो उन्होंने पुलिस पर ही करनी कर दी। जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चला दी इसमें गोकश इमरान पुत्र इस्लामुद्दीन के पैर में गोली लग गई इसके अलावा तीन आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें इरफान और खलीफा साजिद कुरेशी और शावेज शामिल है एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि इन सभी आरोपियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है इन पर पहले भी गोकशी के मुकदमे चल रहे थे मौके पर पहुंची पुलिस को इनके पास से 315 बोर के दो तमंचे चाकू और जिस गाड़ी में गाय को लाया गया था वो गाड़ी भी बरामद की गई है सुनिए एस देहात अनिरुद्ध कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया को क्या जानकारी दी आ, कल बीती रात थाना परिचित को एक सूचना मिली थी कि अगवानपुर के जंगलों में कुछ लोग गोकशी का गोकशी का प्रयास करने वाले हैं तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और बताए गए मुखुड़ के बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां पर कुछ लोग थे जिस जिन्होंने पुलिस को देख करके फायरिंग शुरू कर दी जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में की गई जिसमें अभियुक्त इमरान के पैर में गोली लगी है और मौके से तीन अन्य की गिरफ्तारी की गई है इरफान साजिद और एक अन्य अभियुक्त है इन तीनों अभियुक्तों इन अभियुक्तों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके ऊपर गोकशी के पहले भी मुकदमे रहे हैं इनके पास से 315 सौ बोर का दो तमंचा बरामद किया गया है इसके साथ ही चाकू और इसके अलावा ये जो जिस पिकअप गाड़ी में गाय को लेकर आए थे वो गाय वो पिकअप गाड़ी बरामद की गई है जिस सेंट्रोकार में आए थे वो सेंट्रोकार बरामद हुई है तो यह थाना पुलिस की एक बड़ी सतर्कता भरा उपलब्धि है और मैं इस पूरी परिचित शलभ बंसल रेडियोलॉजिस्ट जो बीस वर्षो से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंगजाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल एमआरआई सिस्टम लगाया है डेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर